जय हिंद ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट तीन है जो लोग एक से दो नहीं देखें वो हमारे चैनल पर जाकर देख लें या फिर यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके हमारे वीडियोज पर पहुँच सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर एक है पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ऑप्शन ए है तेईस अक्टूबर अठारह को उनका निधन पेरिस में हुआ था बी है नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी सी है उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था या फिर डी वह कभी भी रूस नहीं गए थे तो पेपर पेन लेकर बैठिए साथ में हल करिएगा लास्ट में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपसे कितने सवाल बने तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तेईस अक्टूबर अट्ठारह सौ तिरानबे को उनका निधन पेरिस में हुआ था प्रश्न नंबर दो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था ऑप्शन है गुरु हर राय ने बी गुरु हर किशन ने सी है गुरु गोविंद सिंह ने या फिर डी गुरु तेग बहादुर ने बताना यही है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफहरनामा लिखा था तो प्रश्न नंबर दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने प्रश्न नंबर तीन आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था ऑप्शन ये गुरु नानक ने बी गुरु रामदास ने सी गुरु अर्जुन देव ने या फिर डी गुरु गोविंद सिंह ने तो प्रश्न नंबर तीन का सही उत्तर जल्दी से बता दीजिए आप लोग क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था आदि ग्रंथ प्रश्न नंबर चार किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दी थी ऑप्शन ए गुरु गोबिंद सिंह की बी गुरु गोविंद सिंह की या गुरु हर की या फिर गुरु अर्जुन देव की या फिर गुरु तेग बहादुर की तो इसमें बताना है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव की प्रश्न नंबर पाँच रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे ऑप्शन ए सुकरचरिया ऑप्शन ए सुकर चक्या चक बी संधावालिया सी आहलू वालिया या फिर डी रामगढ़िया तो बताना है किस से मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह प्रश्न नंबर पाँच का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह प्रश्न नंबर छः निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे ऑप्शन ए हैदर ने बी मीर कासिम ने सी शाह आलमद्वितीय ने या फिर डी टीपू सुल्तान ने प्रश्न नंबर छः का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टीपू सुल्तान ने प्रश्न नंबर सात निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून कहा जाता है ऑप्शन चूड़ाम चूड़ामन को बी बदन सिंह को सी सूरजमल को या फिर डी इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर सात इसमें बताना यही है कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूरजमल को सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है प्रश्न नंबर आठ बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है ऑप्शन ए अलीवर्दी खां ने बी सराज उद्दौला ने सी मीर कासिम ने या फिर डी मीर कासिम ने प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अलीवर्दी खाने बंगाल के अलीवर्दी खाने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है प्रश्न नंबर नौ किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया ऑप्शन ए शिवाजी ने बी हैदर ने सी टीपू सुल्तान ने या फिर डीन में से कोई नहीं प्रश्न नंबर नौ का सही उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था प्रश्न नंबर दस निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार था ऑप्शन सरफराज खान बी मुर्शीदुली खान सी अलीरवर्दी खान या फिर सुजाउदीन मोहम्मद खान तो प्रश्न नंबर दस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान जो कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार था प्रश्न नंबर ग्यारह सुराजुद्दौला लॉर्ड क्लायु द्वारा प्रयास हुआ था के युद्ध में ऑप्शन ए प्लासी के बी बक्सर के सी मुंगेर के या फिर वाणीवास के तो स्वराजुदौलान को क्लायु ने किस युद्ध में पराजित किया था ये बताना है प्रश्न बारह नि से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी ऑप्शन ए अलीवर्दी खान ने बी सराज उद्दौला ने श्री मीर जाफर ने या फिर डी मीर कासिम ने तो प्रश्न नंबर बारह का जल्दी से सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मीर कासिम ने प्रश्न नंबर तेरह वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले अनुलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे ऑप्शन ए आपसे बिखासी सीकुकी या फिर डी टिपरा तो प्रश्न नंबर तेरह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खासी प्रश्न नंबर चौदह महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी ऑप्शन ए अमृतसर बी पटियाला सी लाहौर या फिर डी कपूरथला तो प्रश्न नंबर चौदह का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाहौर प्रश्न नंबर पंद्रह रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था किससे ऑप्शन ए शाहजा से बी जमा शाह से शहीद दोस्त मोहम्मद से या फिर डी शेर अली से तो इसमें बताना यही है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा किस प्राप्त किया था प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शाहजा से प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य नहीं है वो बताना है कौन सा सत्य नहीं है तो ऑप्शन ए है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी बी है महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे सी है आमेर में शवाही जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था या फिर डी मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था अब इसमें बताना है कि एक कोई ऑप्शन इसमें गलत है तीन सही हैं तो बताना है कौन सा है गलत तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कि अली मरदान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी ये गलत है बाकी सब सही हैं। तो प्रश्न नंबर सोलह इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था यदि आपको वीडियो कैसा लगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय